बंसल ग्रुप के ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापा मार कार्रवाई की आयकर विभाग ने भोपाल इंदौर मंडीदीप सहित 30 से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ छापे मारे छापा मार कार्रवाई के लिए इनकम टैक्स की टीमें रिंग सेरेमनी की स्टीकर लगाकर गाड़ियों में पहुंची थी भोपाल में बंसल ग्रुप ने रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का रिडेवलपमेंट किया है इसका शुभारंभ पिछले साल पन्द्रह नवम्बर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था बंसल ग्रुप मीडिया बंसल कंस्ट्रक्शन और पाथवे बंसल ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल बंसल ग्रुप ऑफ एजुकेशन बंसल बंसल टीएमटी सरिया सोया कुकिंग ऑयल जैसे कई सेक्टर में काम कर रहा है। आयकर विभाग की टीम ने एक साल पहले भी बंसल ग्रुप के 18 ठिकानों पर छापेमारी की थी बंसल ग्रुप के मालिक अनिल बंसल और सुनील बंसल है उन्होंने पिछले साल आयुष्मान अस्पताल खरीदा था उस समय इनसे जुड़े दो डॉक्टरों के ठिकानों पर भी आयकर की टीम ने छापेमारी की थी इस बार आयकर विभाग ने मध्य प्रदेश में बंसल ग्रुप के तीस से ज्यादा ठिकानों पर छापा मारा है ग्रुप के ओनर सुनील बंसल और अनिल बंसल के यहाँ शुक्रवार सुबह विभाग की टीम पहुंची सुबह छह बजे से शुरू हुई यह कार्रवाई भोपाल के साथ ही महू और मंडीद्वीप में भी चल रही है बंसल कॉलेज के फर्स्ट फ्लोर को बंद कर दिया गया है इंडस्ट्रियल एरिया में टीएमटी सरिया की फैक्ट्री में भी कार्रवाई चल रही है यहाँ गेट पर ताला लगा दिया गया है आयकर टीम फैक्ट्री के कर्मचारियों से भी पूछताछ कर रही है मंडी में कुल चार ठिकानों पर रेड पड़ी है आयकर अफसर जिन गाड़ियों से पहुंचे उन पर रिंग सेरेमनी के स्टीकर लगे हैं इन पर रश्मि संग अरविंद लिखा हुआ है प्रदेश के विभिन्न शहरों में चल रही छापेमार कार्रवाई में करीब 120 गाड़ियों में अफसर पहुंचे ये गाड़ियां इंदौर ट्रेवल्स की बताई जा रही हैं बंसल ग्रुप की मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र स्थित बंसल टीएमटी सरिया कंपनी में आयकर विभाग की कारवाई चल रही है आयकर टीम ने गेट में ताला लगा दिया है और गार्ड रूम के फोन कनेक्शन काट दिए गए है इससे कंपनी के अंदर के किसी भी व्यक्ति से कोई संपर्क नहीं है बंसल ग्रुप ने कई सड़कों का निर्माण किया है इनके टोल प्लाजा इसी ग्रुप के पास हैं। हाल ही में कोलार भोपाल के 15 किलोमीटर नई रोड बनाने का 222 करोड़ का ठेका भी इसी ग्रुप को मिला है अब्दुल्लागंज रातापानी इटारसी फोर लेन का 417 करोड़ रुपए का ठेका भी बंसल ग्रुप को ही मिला है वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास से जुड़े मसले हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं